मैं नवी मुंबई से है नेहरू से आप क्या करते क्रिकेट के शौकीन है आप मैं क्रिकेट का शौकीन हूं लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूं सर आई एम सुप्रिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज स्टम्स अच्छा, अच्छा। <laughs> <ना बनो, बनो। laughs> कॉफी लेंगे आप <laughs>